जला जला जला उठा हाँ। बोल बोल के का उठा उठा की टाइम से गज पिया भान पिया लभर के खबर बता दे हो बसाम चढ़ो दे लभर के खबर बता दे हो बल बल के काबरा जला उठा ले हो बल बल के का बोरा जला उठा ले हम बोल बम का